मेरी और आपकी गेम में भी बहुत सारे बोर्ड आए होंगे आप जानते हैं इस बोर्ड को कौन चलाता है और है ये हमारी गेम में कैसे आते हैं और इनका फुल फॉर्म क्या होता है तो ये जानने के लिए आप इस शॉर्ट को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें जब भी हमारी गेम में प्लेयर कम होने की वजह से ग्रीना उ डाल देती है ये बोर्ड ब्रीना एक कोडिंग के जरिए डालती है इसका फुल फॉर्म होता है बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफॉर्मर